हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी आपके YouTube चैनल पर एक लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो एक लाख सब्सक्राइबर होने के बाद आपको YouTube की तरफ से सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है और जब आपके YouTube चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद आपको गोल्डन प्ले बटन दिया जाता है और जब आपके YouTube चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको डायमंड प्ले बटन दिया जाता है तो अभी YouTube ने क्या किया है कि जितने भी लोग YouTube पर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उनके लिए यूट्यूब ने एक नया अवॉर्ड निकाला है और उस अवार्ड का नाम है शॉर्ट क्रिएटर अवार्ड तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ की ये अवार्ड आपको कैसे मिलेगा इस के के लिए लिए आपके पर पर कितने कितने होना होना चाहिए और आपकी पर कितने होना चाहिए और और आपकी इस के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखना इस अवार्ड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल बेलाइकन को भी दबा लेना मैं आपके लिए यूट्यूब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यूट्यूब शॉर्ट क्रिएटर अवार्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ की आपके चैनल पर इस अवार्ड को लेने के लिए कितने सब्सक्राइबर होना चाहिए तो इस अवार्ड को लेने के लिए आपके चैनल पर कम से कम दस सब्सक्राइबर होना चाहिए हालांकि YouTube ने इस अवार्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया है मतलब YouTube ने ये नहीं बताया है कि आपके चैनल पर इस अवार्ड को लेने के लिए कितने सब्सक्राइबर होना चाहिए लेकिन इस अवॉर्ड को लेने के लिए आपके चैनल पर कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर तो होना ही चाहिए तभी आपको YouTube शॉर्ट क्रिएटर अवार्ड मिलेगा और इस अवार्ड का जो दूसरा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ तो इस अवार्ड का जो दूसरा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए और आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं होना चाहिए और ये जो अवार्ड है उसके लिए आपका चैनल मोनिटाइज होना जरूरी नहीं है अगर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा तब भी आपको ये अवार्ड मिल जाएगा और इस अवार्ड की एक और कंडीशन है बहुत से लोग क्या करते है की कि किसी दूसरे की शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं तो अगर आपने किसी दूसरे की वीडियो कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखी होंगी तो आपको ये शॉर्ट अवार्ड नहीं मिलेगा अगर आपके चैनल पर ओरिजिनल कंटेंट होगा तभी तो आपको ये अवॉर्ड मिलेगा और इस अवार्ड के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ इस अवार्ड को लेने के लिए आपको कहीं भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है जब आप इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होंगे जब आपको यूट्यूब की तरफ से ये क्रिएटर शॉर्ट अवार्ड मिलेगा तो आपको YouTube की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा उस ईमेल में आपको अपना एड्रेस भरना यूट्यूब की तरफ से ये अवॉर्ड दिया जाएगा तो आपको यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा अगर इस अवॉर्ड के बारे में आपका कोई और डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते है और इस अवार्ड के बारे में यूट्यूब ने ये भी नहीं बताया है की के चैनल पर कितने व्यू होना चाहिए तब आपको ये अवॉर्ड मिलेगा ये यूट्यूब की तरफ से रेंडम दिया जा रहा है मतलब इस अवार्ड के बारे में यूट्यूब खुद डिसाइड करता है कि ये जो अवार्ड है वो किसको दिया जाएगा मतलब यूट्यूब खुद डिसाइड करेगा तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं आपके लिए यूट्यूब ऐसी रिलेटेड इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के